योजना के तहत पचास लाभार्थियों को यह वितरित किए जाने हैं। आइए जानते हैं क्या है पी एम योजना जिसके तहत लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की केंद्र की पीएमजे योजना को 2019 में गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा अमृतमुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य स्वास्थ्य योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया था एक दशमलव अठावन करोड़ लाभार्थियों को जारी किए गए पीएमजे एमए कार्ड इसके परिणाम स्वरूप राज्य योजनाओं के सभी लाभार्थियों को पीएमजे एमए कार्ड प्राप्त करने के पात्र है दो योजनाओं के एकीकरण के बाद से अब तक गुजरात में एक दशमलव अठावन करोड़ लाभार्थियों को पीएमजे एमए कार्ड जारी किए गए हैं दिए जाएंगे नए मुद्रित आयुष्मान पीबीसी कार्ड सितंबर दो से अब तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पचास लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं लाभार्थियों को नए मोदी आयुष्मान पीवीसी कार्ड दिए जाएंगे गुजरात के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ऋषिकेश पटेल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे आयुष्मान पीवीसी कार्ड ग्रामीण स्तर पर किए जाएंगे वितरित आयुष्मान पीवीसी कार्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के दिशा निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं गुजरात में कम से कम 50 लाख पी कार्ड मुद्रित किए गए हैं और संबंधित मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा अधिकारियों को वितरित किए गए हैं आयुष्मान पी कार्ड